हेलो गाइज कैसे हो आप सभी लोग तो यार आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट की उसके अंदर कौन सी गन स्किन आने वाली है कौन सी आउटफिट आने वाली है और ये वाला प्रीमियम क्रेट आने के बाद इसके बाद एक और प्रीमियम क्रेट आएगा उसके अंदर आपको M416 की स्किन मिलने वाली है तो आज इस वीडियो के अंदर ये लीक तो देखेंगे और साथ ही मैं यार जोनाथन के हिंदी वॉइस पैक भी आए तो क्या वो हिंदी वॉइसपैक हमें फ्री में मिलेंगे या फिर इसके बारे में जानेंगे और गई डीपी ट्वेंटी की स्किन जो कि मैंने आपको पब्जी मोबाइल के अंदर दिखाई थी वो बीजेम के अंदर क्यों नहीं आई है कब आने वाले या फिर आएगी या फिर नहीं इसके अलावा एम सेवन रॉयल का ऑफिशियल ट्रेलर भी आ चुका है साथ में फूल स्क्रीन थी वो वापस से आने वाली गेम के अंदर और फर्स्ट एनिवर्सरी की लीक्स आई है वो भी आज की इस इस वीडियो वीडियो के के अंदर देखेंगे चलो यार बिना किसी देर को स्टार्ट करते हैं वीडियो यार काफी ज़्यादा अमेजिंग लाइक कर दो तो यार M7 सेवन रॉयल पास का ट्रेलर तो काफी ज़्यादा अच्छा था फटाफट से नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड की लिस्ट देख लेते हैं उसके बाद हम देखने वाले फ्री हिंदी वॉइस पैक आपको मिलेंगे या फिर नहीं तो कहीं सबसे पहले ये जान लेते हैं नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट बीजेड पब्जो वर्ल्ड के अंदर आने वाला कब है तो आई थिंक यार यार्जो वर्ल्ड के अंदर भी आएगा बिकॉज एक्सपायर होने वाला है कस्टम क्रेड पांच दिन बाद जैसे कि आप देख सकते हो पांच दिन बाद नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट आ जाएगा और उसके बाद ये 20 दिन तक चलेगा और बीस दिन बाद एक और प्रीमियम क्रेट आएगा ना कि कस्टम क्रेड तो उसकी भी लीक्स मेरे पास आ चुकी है चलो यार दोनों प्रीमियम क्रेड की लीक्स फटाफट देख लेते हैं तो कहीं यार प्रीमियम क्रेड की लीक्स हमारे साथ यहाँ पर इस प्रीमियम क्रेड के अंदर हमें दो मिथिक सेट मिलने वाले हैं तो कहीं जो सबसे पहला मिथिक सेट है उसका नाम है विंटेज बर्ड सेट अब गई यार सही से बताऊं तो ये सेट मुझे इतना ज्यादा खास नहीं लगा वैसे तो गई ये वाले प्रीमियम क्रेट के अंदर दूसरा सेट भी इतना खास नहीं है लेकिन ये वाली जो आउटफिट है ना यूनिक है जैसे कि आप देखो कैंडल गार्डियन सेट काफी अजीब सी आउटफिट है काफी यूनिक लग रही है ना। पर गई यार जिसके लिए हम क्रेट ओपनिंग करने वाले ना, क्रेट की वो स्किन तो ये रही भाई साहब एम की स्किन गोल्डन स्प्रिंग एम तो बस गई यार पांच दिन का इंतजार है उसके बाद हमें एम देखने को मिल जाएगी गेम के अंदर उसके बाद ये हेलमेट स्किन देखो फेरीलैंड हेलमेट मुझे इतना खास तो लगा नहीं और ये रही एक नेट की स्किन कैंडल गार्डियन ग्रेनेड अब यार ये भी इतनी खास नहीं लगी यार मुझे स्किन पता नहीं यार ऐसी आउटफिट वगैरह क्यों दे रही है और ये लास्ट वाली आउटफिट भी आप देख लो यार इतनी खास तो मुझे लगी नहीं साडो सोल्जर सेट आप ही बताओ यार कमेंट में आपको कैसी लग रही है ये आउटफिट मुझे तो इतनी खास नहीं लगी आप बताओ इस कमेंट में आपको ये आउटफिट कैसी लग रही है उसके बाद ये बैकपैक स्किन भी देख सकते हो आप ब्लू कलर की तो कहीं यार सच सच बताऊं तो मुझे सेकंड मिथिक आउटफिट एंड बैरल एम सेवन जो कि सभी लोगों को पसंद आई होगी बस यही अच्छा लगा है और ये पैरासूट की स्किन भी आप देख सकते हो ये भी आने वाली प्रीमियम क्रेट के अंदर तो इसी तरह से यहाँ पर प्रीमियम रेड पूरी तरह से एंड हो गया फर्स्ट वाला अब ये यह प्रीमियम क्रेट तो गई जो सेकेंड प्रीमियम क्रेट है उसके मिथिक आउटफिट वगैरह काफी कुछ यहाँ पर शो नहीं हो रहा है और यहाँ पर M416 की भी स्किन शो नहीं हो रही लेकिन आने वाली M416 की स्किन ये नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड के अंदर यानी कि जो 20 दिन बाद आएगा M4 का नाम है लेजेंडरी बाउंट्री एम उसके बाद यहाँ पर कुछ आउटफिट भी शो हो रही है तो एक ही आउटफिट आने वाली है पीनीसर एंजल सेट मुझे आउटफिट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है हालांकि लेजेंडरी आउटफिट है इसका हेयर रिबन भी इतना खास नहीं है बहुत बेकार हेयर रिबन है और इस प्रीमियम क्रेड के अंदर वैक्टर की स्किन भी आने वाली है पिंक कलर की तो ये वाली स्किन थोड़ी मुझे ठीक ठाक लगी है काफ़ी कलरफुल है तो ये ठीक ठाक स्किन है इसके अलावा और भी आउटफिट्स आई है और भी गन स्किन आई है दिखाता हूँ सबसे पहले ये हार्ट वाली आउटफिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आई ये आउटफिट बहुत बेकार लगती है मुझे पर क्या करें नेक्स्ट प्रीम पेड के अंदर आने वाली है और ये हैड गियर भी देख सकते हो आप ये भी यार बेकार ही है वैसे और क्यू की स्किन भाई साहब इससे तो मैं सच में परेशान हो गया हूँ नेक्स्ट रॉयल पास जो आ रहा है उसके अंदर भी क्यूबी आ रही है साथ में जो रॉयल एडवेंचर आएगा एम के अंदर उसके अंदर भी क्यूबी है तो यार मतलब बेकार सीन चल रहे हैं अभी तो गई इसी तरह से सेकंड प्रीमियम भी एंड हो गया अब फटाफट भट से जोनाथन वगैरह के वॉइस पैक सुन लेते हैं हिंदी वाले क्या हमें फ्री में मिलेंगे या फिर नहीं फिर उसके बाद गए फ्री डी पी के बारे में बात करेंगे साथ में गए और भी कमाल के लीक्स आपको आगे दिखाने वाला हूँ उससे पहले थोड़ी वॉइसपैक इन्फो देता हूँ आपको तो देखो यार टोटल छह वॉइस पैक आए हैं तीन वॉइस पैक बेसिक है और तीन वॉइसपैक स्पेशल है उसमें से दो जोनाथन के है दो स्नेक्स के है और दो कैस्ट्रो के सबसे पहले हम बेसिक वाले सुनेंगे फिर स्पेशल वाले सुनेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा फ्री में मिलेगा या फिर नहीं तो सबसे पहले जोनाथन की वॉइस सुनते हैं बेसिक वाली। स्प्रेड आउट एनिमी डोंट रश एनिमीज अड गेट इन द कार डोंट शूट स्टे लो आई गॉट अ गन डेंजर अ हेड कवी फॉर्म अप तो गाइस अभी आप सोच रहे में क्यों थी तो मैं आपको बता दू नीचे की जो अपनी अलग अलग लैंग्वेज में है। चलो मैं आपको जोनाथन की ऊपर वाली वॉइस पैक सुनाता हूँ और गई ये वॉइस पैक सारे कब आने वाले गेम के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा ये रही गाड़ी अरे हेलमेट है तो माफ करो गुश करो खतरनाक है अंदा तो वो मजा नहीं आया जो कि हम सोच रहे थे कि यार ऐसा होने वाला, है, वैसा होने वाला है लेकिन गई देखो ऐसी वाली है अब गई नेक्स्ट वॉइस स्नैक्स की है उसके बाद केस्ट्रो की सुनेंगे सबसे पहले स्नैक्स की दोनों वॉइस सुन लेते स्नैक्स की जो स्पेशल वॉइस है वो मुझे थोड़ी अच्छी लगी है आप भी सुनना आपको भी पसंद आएगी Enemies ahead. Form up. Retreat. Skirt the safe zone. Thanks. Charge. Danger ahead. I got your back. I got a gun. Go straight in. Let's go. I got a gun. Karwaza khula hai ji ye. Gardiya dhoond re. Kutte ka dabba pade wa hai ji ha. Zabardast. Full form mein bolo. जबरदस्त मार रहे, रहे तू कोई तो पुटा है ऐसे गया ब्रिज पे फील्डिंग लगा दो जी नहीं हो रहा क्या इसको डिफेंड करो जी बैगन में मिल गई बोलो किस्मत दरवाजा खुला है जी ये इसको डिफेंड करो जी तो स्नैक्स की वॉइस मुझे अच्छी लगी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना अब अगली जो वॉइस है वो कैस्ट्रो की है और कैस्ट्रो की जो लैंग्वेज है वो मलयालम में है ऊपर वाली जो स्पेशल वॉइस है अभी जिनको मलयालम आती है वो तो समझ जाएंगे लेकिन जिनको नहीं आती वो इंग्लिश वॉइस पैक सुन सकते के तो सारी सारी फटाफट से जान लेते कि आपको वॉइसपैक फ्री में मिलेंगे या फिर नहीं तो यार अभी के टाइम पर इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट आता है तो उसके अंदर आपको सिर्फ एपिक वाले जो नीचे आपने देखे थे ना बेसिक वॉइसपैक वो मिल सकते हैं लेकिन स्पेशल वाला आपको नहीं मिलेगा और कहीं ये वाले वॉइस पैक की प्राइस भी फिक्स हो चुकी है जो बेसिक वाले वॉइस पैक है वो आपको 300 यूसी के करीब मिलने वाले हैं और जो स्पेशल वाले वॉइस पैक है वो मेरे ख्याल से 600 यूसी के ऊपर ही आपको मिलेंगे और पता नहीं चले की कब आएगा ओके गई जब बात करते हैं मैंने आप सभी को पब्जो वाइल के अंदर वेपन में जाकर एक मिस्टीरियस स्पाइरल नाम से एक डीपी की स्किन आपको दिखाई थी जो की बहुत पहले आ चुकी है लेकिन इस बार आपको फ्री में मिल रही थी यानी कि करेंसी में मिल रही थी और ये सिर्फ पबजी मोबाइल के अंदर अभी ऐड हुई थी और मैंने आपको बोला था जब अपडेट आएगा 1.8 का बीजेमआई के अंदर तब बीजेमआई के अंदर भी आ जाएगी लेकिन इन्होंने स्कैम कर दिया है। इस स्कैम ये खरा की ही नहीं करी है अब देखो यार डीपी ट्वेंटी का स्कैम करा है या फिर किसी और इवेंट के अंदर देने वाले है ये तो अभी पता नहीं चला है लेकिन हाल फिलहाल आपको बीजेम आई के अंदर ये स्किन देखने को नहीं मिलेगी वैसे यार डीपी ट्वेंटी एट मुझे काफी पसंद आई थी मेरे पास दस एजी करेंसी पड़े भी थे मैं इसको बाय कर सकता था लेकिन अफसोस की बीजेम के अंदर ये आई नहीं तो देखते फ्यूचर में आती है या फिर नहीं अब भाई ये तो आप सब को पता है है ग्लेशियर के बाद जो मोस्ट फेमस उसका नाम है एम फोर फूल तो गई यार एक महीने बाद यानी कि कस्टम क्रेट के अंदर एम फोर फूल का क्रेट वापस आने वाला है जिसके अंदर आपको सारा आइटम देखने को मिलेंगे और इस क्रेट को आने में 40 दिन लगने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आउटफिट तो आप सभी ने देख लिया कितनी सारी मिट्टी का आउटफिट आने वाली है ये आउटफिट देखो हार्लिक क्वीन पर बेस्ड होने वाली आउटफिट काफी ओपी आउटफिट है दोनों जोकर वाली और क्वीन जैसी आउटफिट तो यार जिनके पास ये सारा आइटम एंड एम फोर फूल की इसके नहीं है तो उनको एक बार फिर से चांस मिलेगा इसको लेने का और गई ये टीन के डब्बे वाली सिल्वर कलर की आउटफिट भी काफी अच्छी थी काफी कलरफुल भी है न्यू लॉर्ड सेट था इसका नाम और कही इसका इमोट भी यार देखो यार कितना अच्छा इमोट है काफी लॉन्ग इमोट है इसके अलावा एक और आउटफिट आई थी इसके साथ में न्यू ऑन के साथ में इसका हेड देखो यार और ये रही देखो ये आउटफिट आई थी इसके साथ में इसका नाम है न्यून लेडी सेट इसका हेड देखो यार ऐसा लग रहा है छोटा सा टीवी लगा दिया हेड है गियर पे और एनिमेटेड है यार पूरा तो आई थिंक ये वाला कस्टम केट सभी लोगों को पसंद आएगा बिकॉज यार M4 फोर फूल वापस जो आने वाली ना ये आप सभी की फेवरेट एम फोर इसका मैक्स लेवल भी आपको दिखाता हूँ लास्ट में यार मैक्स लेवल करने पर जीप बाहर निकालती जो की यार काफी ओपी सीन रहता है ये देखो कितनी मस्त लग रही है ना और क्या इसका किल मैसेज भी आप देख सकते हो किल मैसेज भी काफी कलरफुल है और ये रहा इसका लूट क्रेट भाई साहब ये तो अलग ही है सीन मतलब एकदम से जोकर कर बाहर आ जाता है कितने बार हम धोखा खा जाते हैं भाई एनिमी खड़ा है वहाँ पर तो यार नेक्स्ट कस्टम में आने वाली कौन कौन ओपनिंग करने वाला है कमरे बताना इसके अलावा और भी धांसु स्किन इसके अंदर आई है एम की यह स्किन देखो यार काफ़ी ओ है उसके बाद एम की स्किन बैक भी आने वाले हैं बहुत सारे हेलमेट की स्किन और यहाँ पर बाइक भी एड हुई यार ये देखो और गाइज ये वाली बाइक भी एम के क्रेट के अंदर ही आई थी फुल वाले में काफ़ी ओपी बाइक है उसके अलावा बैकपैक देखो यार ये क्या है भाई बटरफ्लाई मगरमच्छ सब डाल दिए यहाँ पर तो इसके अलावा यहाँ पर एक जोकर वाला मास्क भी है जोकर वाला मास्क है मौली की स्किन है ओर्नामेंट है स्मोक गनेड है और भी चीजें अभी देखना गाइस कस्टम क्रेड पूरा एंड नहीं हुआ है पर ओके ये बोनस चैलेंज वाली आउटफिट यहाँ पर क्या डाल दी मिनी फोर्टीन भी एड कर दी पता नहीं सीजन फोर्टीन का बोनस चैलेंज था ये और ये नेट की स्किन भी पुरानी है इसके अलावा बाकी की स्किन्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो अब गई मैं आपको दिखाने वाला हूँ एनिवर्सरी केट जो कि वापस आने वाला है एम के अंदर तो गई ये रहा एनिवर्सरी केट ये भी एम रॉयल पास के बाद ही आएगा और यार इसके बारे में काफी कम लोगों को पता होगा बिकॉज फर्स्ट एनिवर्सरी आई थी सीजन सिक्स के अंदर लगभग यार काफी टाइम हो चुका है आई थिंक फर्स्ट एनिवर्सरी को यार तीन साल हो चुके हैं तो क्या जिसके अंदर आपको देखो सबसे पहले फर्स्ट एनिवर्सरी वाली व्हीकल स्किन जो कि पूरी तरह से एनिमेटेड है आपने देख ली होगी उसके बाद यहाँ पर एक मिथिक आउटफिट भी आने वाली है एनिवर्सरी हेलमेट उसके बाद ये यूनिकॉर्न की ये आउटफिट भी आने वाली है आई थिंक ये जो क्रेट है ना M7 के बाद नहीं आएगा M8 एट ट्वेल्व पास के बाद आएगा मेरे ख्याल से बिकॉज एनिवर्सरी अभी आने वाली है यार फोर्थ एनिवर्सरी अब वाली है गेम की तो, अभी इस क्रेट के मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि कब आएगा लेकिन आइटम इसके अंदर काफी मस्त आये यार एनिवर्सरी वाले सारे M24 टू फोर बग्स्किन यूनिकॉर्न पैन स्किन ये वाली पेन देखो यार एकदम अलग सीन है ना साथ में यार यहाँ पर सेकंड एनिवर्सरी का आइटम भी ऐड करें यार पैरासूट ऑर्नामेंट वगैरह ओके तो इसी तरह से यहाँ पर एनिवर्सरी भी एंड हो गया अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासिक क्लासिक्रेड तो कही यार नेक्स्ट क्लासिक रेड पांच दिन बाद आने वाला है जैसे की अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके अंदर कुछ न्यू आइटम एड होने वाले है चलो मैं आपको दिखाता हूँ तो यार क्लासिक रेड के अंदर ज्यादा आइटम एड नहीं होने वाले फिर से वही पुराने आइटम एड होने वाले हैं जो की लकी स्पिन लकी क्रेड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर दो आउटफिट है कार नाइन की स्किन है और टॉमी थॉमसन की स्किन तो क्रेट के अंदर अभी के हम जाने वाले नेक्स्ट सप्लाई क्रिएट के बारे में कब आने वाला है सबसे पहले जान लेते हैं तो नेक्स्ट सप्लाई आएगा, दिन बाद जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे आइटम एड होने वाला है लेकिन सारे पुराने रहेंगे तो गई ये रहा नेक्स्ट सप्लाई क्रिएट इसके अंदर फ्लावर ओसन नाम सेट आने वाला है तो आउटफिट तो काफी ओपी है लेकिन इसका हेड गियर बिलकुल बेकार है और यहाँ पर एस की स्किन भी आने वाली है सप्लाई क्रिट के अंदर और यहाँ पर एक हेलमेट स्किन है एक लेजेंडरी आउटफिटरी एक लेजेंडरी हेडगियर, बैकपैक, ऑर्नामेंट एंड और पैरासूट तो यार इस बार का सप्लाई क्रेट भी थोड़ा सा बकवास लग रहा है मुझे और वैसे भी यार इसके अंदर से कोई आइटम तो मिलता नहीं है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर कोई एक आइटम कभी से परमानेंट मिल जाएगा ओके शॉर्ट की स्किन भी है और ये आउटफिट थोड़ी अच्छी लग रही है आई थिंक ये भी पुरानी है वापस से आने वाली है तो ये था यहाँ पर नेक्स्ट सप्लाई क्रिएट इसके अलावा और भी काफी सारे लीक्स है लेकिन अपने काम के नहीं है जो अपने काम की थी वो अपने देख लिए। तो बस गई आज की वीडियो यहीं पर एड करते हैं आई होप कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। प्लीज आज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने वाले फटावट चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलता है अगली वीडियो में कुछ तब देख लार बाय बायस